गाइस so, hey तो आज की इस को इसमें देखे आप लोग उसका ट्यूटोरियल बता लो जो की हालाँकि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे है ऐसा आप लोग डालेंगे तो आप लोग का अच्छा खास रिस्पॉन्स आएगा तो इस वीडियो को बनाने के लिए चाहिए पिन करके रखा हूँ और आप लोग डाउनलोड कर लेना इसके बाद बीट प्रोजेक्ट पर जाना है सो मीटिंग प्रोजेक्ट और टेक्स एवं लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और मेटर लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप लोग डाउनलोड कर बाद आप लोग प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है ऐसे उस फोटो को सिलेक्ट कर ले जिस फोटो पर आप लोग बनाना चाहते हैं तो मैं इस फोटो को बनाना चाहता हूँ तो उसको बड़ा करने के लिए ऊपर फिले दिख रहा है उसको कंपनी से नियर करने के बाद एंड में जाना है यहाँ से एंड में छोड़ देना फिर से प्लस पे क्लिक करना है एक लेना है पे क्लिक करना है बिल्कुल पे क्लिक करेंगे कलर पे जाएंगे यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद तो शेप पे क्लिक करेंगे इफेक्ट हो जाएंगे एडिफेक्ट हो जाएंगे यहाँ से बलर पे जाएंगे, यहाँ थर्ड वाले जो कि पुलिसियन बलर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ से उसको यहाँ से लास्ट में कर देंगे तो ट्रांस पे जाएंगे इसको नीचे ले करेंगे इतने में आप लोगों के हिसाब से कल उसके इसको भी एंड में लेके जाना है यहाँ से प्लस भी क्लिक करना है टेक्स्ट में जाना है आप लोगों को जो इंस्टाग्राम आईडी है तो उसको आप लोग लिख लेना है अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो मैं डिफिनेटली रिप्लाई दे, दे देता हूँ तो बस इस यहाँ इंस्टाग्राम पे आई लिख लेना है तो कलर पर जाना है यहाँ से वाइट ला चेक करना है मोबाइल आते जाना है इसको नीचे लाके गाइस एडजस्ट आप लोगों को इतना में कर लें इतना बाद आईडी को भी नहीं एंड में लेके जाना है प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे जाना है यहां से इमोजी को सेलेक्ट कर लें जिस भी जो जो भी इमोजी आप लोग अपना चाहते हैं तो उस इमोजी का आप सेलेक्ट करना अगर आईफोन इमोजी जो तो कि फोंट है उसको सेलेक्ट करना होगा 18 पीटी है उसको चौबीस कर लेना है कलर पे जाना है ऑप्शन क्लिक लेना है ट्रांसपेरेंट लेना है इसको राइट क्लिक करना है ऊपर कर ट्रांस जाना है इसको नीचे लेके इस कुछ इंस्टाग्राम का आईडी के नीचे एडजस्ट कर लेना है इसके बाद इसको भी एकदम एंड में लेके जाना है प्लस पी क्लिक करना है टेक्सट जाना है सो का जो भी फर्स्ट है उसको लिख लेना है इसके बाद जो लाइन दिख रहा है जो कि बगल में एक बार उसको टैप करेंगे यहाँ से रिपोर्ट हो जाएंगे फॉन्ट को सिलेक्ट करना है जो भी जो भी फोन आप लोग जो भी फोन आप लोगों को अच्छा लगे जो कि यहाँ पर साइज में छप्पन 48 रख लेता हूँ कलर जो है व्हाइट रख लेता हूँ उसके बाद राइट पे क्लिक करूँगा यहाँ से जितना मिला लगेगा इस आप लोग का हिसाब से रख लेना है जितना में आप लोग में इसको भी एकदम एंड में लेके जाना है फर्स्ट जो कि बीट पे जाएंगे कट कर देंगे वैसे आप लोगों को सभी को ऐसे ही कट कर लेना है जो कि मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को सभी को यहाँ से एकदम एंड तक कट कर लें बस सेकेंड लिस्ट पे जाएंगे यहाँ से इसको सभी को जो मीन से इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से सेकेंड सों का लिस्ट लिखना है यहाँ से गए थर्ड आप लोग कॉपी करके रख लेना तो जल्दी आप लोग भर के तैयार होगा आप लोग को सेम ऐसे ही कॉपी करके रखना है या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा से आप लोग कॉपी करके नोट में सेव कर लेना इसके बाद आप लोग हैं क्लिक करेंगे यहाँ से कॉफी इफेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट जो कि भी को। को है से फर्स्ट तो लेयर क्लिक सही सही सही सही। सही इस, इस इफेक्ट को एंड तक पेस्ट कर देना है इतना करने के बाद आप लोगों को मैं जो कि टैमलेट दूंगा तो क्लिक करना है मीडिया पे यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है साइड वाला टेम्पलेट है इसको फिर कॉम्पोजिशन करना है ब्लेंडिंग में जाना है लाइटिंग में डाक स्किन करना है स्किन करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा स्नोफॉल इस तो इसको इधर जो कि बाकी पार्ट कट कर देना लास्ट में इधर तो हमारा स्टेड्स बन के तैयार आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको साउंड देख गए कुछ इस तरीके से काम कर रहा है तो वीडियो को एक्सपर्ट करने के लिए सेटिंग ले जो कि आइकन दिख रहा है उसको एक बार क्लिक करेंगे वीडियो को एक्सपर्ट कर लेंगे तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक तो करना चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बैल फैनल पर सेट करना ऐसे ही न्यूट्यूटा खेलते तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ने तब तक तो के लिए टेक केयर